बोल छठ माता की जय छठी माई के कर बोबरतिया बोरा है में चार बजे छठी माई के करबो करतिया बोरा में चार बजे और सैया लेके चली मासे पे दो चली है माथे पे दौड़ वाहरी में रे बच्चे पटना से ना माथे पे दौर वो रह चार बजे वो बेटा लेके चलिए माथे पे दौड़ वो रह चार बजे पटना से कोला रे कुआ सजाई बहो, ओ बेटी लेके चलिए माथे पे तो रि में जा रे बजे दिल्ली से साड़ी मंगाई बा, साड़ी हम बाहन बहो के चली माथे पे दौड़ वो री में चार बजे ओ देवर लेके है माथे पे दौड़िया वाले के चली है माथे पे दौड़ वो रह में चार बजे ओ पियावा ले के चली हैं माथे पे बजे जोड़े ही हाथी हम मंगाई ब कोसी हम भराई बह हो जोड़े ही हाथी हम मंगाई ब कोसी हम भराई बह हो बेटा ले के चलिए तोरे गल तो बोर हरी में चारे बजे पिया ले चलिए माथे पे दौरवा बोर हरी में चार बजे बेटा लेके चलिए माथे पे दौरवा बोर हरी में चार बजे बेटा लेके चलिए माथे पे दौर बा हो छठ माता की जय